सफलता ऐसे मिलती है कोशिश फिर एक बार कोशिश ये कदम पीछे आओ अपनी गलती सुधारो फिर एक बार कोशिश अब जो सही लगता है उसे ग्रो करो तब तक ग्रो करते रहे जब तक सफलता ना मिले दोस्तों ये फैक्ट कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में